जी खुशी हा को कहा लगता था कि नहीं लौटेंगे गलत जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे बहुत लंबा दंगल चलेगा रे तो रमा तो यार है, है? तो आप ही हैं कैसे है

शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हम पत्रकार हैं, नाम है आलोक झा भारत समाचार अखबार में लिखते हैं सुने आप कई सालों से पहाड़ तोड़ रहे हैं क्यों तोड़ रहे हैं अपना कबर खोद रहे हैं मजाक कर रहे हैं तो का कहें कि ताजमहल बना रहे हैं अरे आप तो बिगड़ गए लोग कहता है हम पागल है जिंदगी खराब कर रहा है आप अपना टाइम खराब मत करिए भीतर का घाव

जब तक ये टूटेगा नहीं करेगा नहीं बहुत भारी काम ले लिए हैं ठीक है टूट जाए तो बताइएगा आपका फोटो छाप देंगे अखबार में बड़े हिमायती बन रहे हैं आइए यानी हाथ लगवाइए आइए क्या हालचाल चाल दशरथ भाई शानदार जबरदस्त जिंदाबाद

अच्छा एक बात बताइए ये दुनिया में इतना सारा काम है वो सब छोड़ छाड़ के आपको पहाड़ तोड़ने का काम मिला है भाई अपना अपना हुनर है आप पढ़ाई लिखाई करते हैं हम पहाड़ तोड़ते हैं और इतना ताकत कहां से लाते हैं ये प्रेम है पहले अपने जोरों से था अभी पहाड़ से है इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए

और एक हमें देखिए सच्चा पत्रकार बनना चाहते थे नेताओं का दल्ला बन के रह गए अपने आप से घिन आता है तो अपना अखबार कहानी छाप देते हैं अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या पहाड़ थोड़े से भी मुश्किल है <laughs> आप तो कमाल कर दिए

माजी आप आप आप आप सुपरमैन मिस्टर इंडिया हैं है? अकेले है, से पूरा पूरा दिए अच्छा एक बात बताइए इस असंभव काम को संभव करने के बाद क्या कहना चाहेंगे हम तो ठेर मार हैं तो हम क्या कहेंगे भैया <laughs> कुछ तो कहिए हम तो यही कहेंगे कि भगवान के भरोसे मत बैठिए का पाता भगवान हमारे भरोसे बैठा